नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर रवि में दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि की मंडूर भस्म के बारे में जी दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि की मंडूर भस्म के बारे में दोस्तों ये जो मंडूर भस्म है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है आपके शरीर के लिए और आज इस मंडूर भस्म के पूरे फायदे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर आर आर रवि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे आप प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद में पास में जो बेल आइकोन है इसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आ आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस की जानकारी और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले व सबसे जल्दी मिल सके दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि जब आप सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाओ बेल आइकन दबाने के बाद में आपको ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव जरूर करना है और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिए कि आपने ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव किया है या नहीं किया है अगर नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि अब अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन और जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद में ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव आप ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों हम सबसे पहले इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज़ ये जो स्क्रीन पर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं बाय कोरियर आपके घर तक ये जो मंडूर बस में ये आपको पहुँचा दूंगा और अगर आपको आपकी किसी भी बीमारी भी को लेकर कोई भी ले कंसल्टेंसी चाहिए हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फ़ोनपे ओन कॉल पसनल कंसल्टी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा पर्सनल कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या-क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है है, है? है, आयुर्वेदिक मेडिसिन। जी दोस्तों ये ये ये दवाई ठीक जो भस्म, भस्म, भस्म पांच ग्राम की मंडूर भस्म, भस्म है और इसके बाद में दोस्तों पीछे लिखा हुआ है और इसके बाद में इसमें जो डोज है डोज में लिखा हुआ है एज़ डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन मतलब आपको चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही इसको लेना है जैसा मैंने आपको बताया कि दोस्तों इसको अकेले बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको मैं जो भी अभी इसके फायदे बताऊँगा उसमें से अगर आपको कोई भी बीमारी है कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऐसे में आज दोस्तों आप मेरी कंसल्टेंसी ले लीजिएगा स्क्रीन पर जो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर देखते हैं इस नंबर पर जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको जो है फ़ोन पे ऑन कॉल पर्सनल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करवा दूँगा और आपको बता भी दूंगा कि इसको आपको कैसे लेना है आपकी बीमारी के के अकॉर्डिंग आप इसको इसको इसको कैसे ले सकते हैं और इसको किस दवाई के साथ में आपको लेना है क्योंकि इसको अकेले नहीं लेना है मैं फिर से एक बार बता देता हूं दोस्तों इसको आपको अकेले बिल्कुल भी नहीं लेना है ठीक है तो इसका दोस्तों बिल्कुल जो है ध्यान रखिएगा और हालांकि मैं इसके आपको पूरे फायदे अभी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों इसके बाद में इसमें जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इंडिकेशन है इंडिकेशन ऑफ मंडूर भस में मतलब हाउ टू यूज मंडूर भस में इन वेरियस डिसीज ठीक है तो यूजफुल इन हेपेटिक डिसऑर्डर्स जॉइंट डिस एनीमिया एक्सेट्रा देखिए इसमें तीन चीजें लिखी है लेकिन मैं इसकी पूरी जानकारी आपको जो है दूंगा दोस्तों ये पाँच ग्राम की आती है और इसकी जो कीमत है केवल चौदह है केवल फोर्टीन है प्राइस ऑफ मंडूर भस्मंड चौदह रुपये 14 रुपीज केवल चौदह रुपये की है ये और काफी सस्ती मंडूर भस में दोस्तों ये और ये आपको बहुत सारी बीमारियों में काम दोस्तों ऐसा मत समझे कि केवल चौदह रुपये की है तो क्या काम आएगी दोस्तों ये चौदह रुपये की है लेकिन इसकी बनाने की प्रोसेस उतनी ही कठिन है दोस्तों ठीक है तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बनाने की किस चीज़ से बनती है और ये क्या चीज़ है ठीक है तो आई थिंक आपको इसके बारे में पूरा समझ में आ गया होगा तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन मंडुल भस्म के बारे में अभी दोस्तों हम मंडुल भस्म के पूरे फायदे जानते हैं ठीक है तो मंडूल भस्म के फायदे मंडूल भस्म के बेनिफिट्स बेनिफिट्स और पतंजलि दिव्य मंडुल भस्म इन हिंदी ठीक है दोस्तों ये जो मंडूल भस्म है ये सौ साल पुराना जो लोहा होता है ठीक है जो सौ साल पुराना लोहा होता है उस लोहे से की जंग मतलब जो 100 साल पुराना लोहा हो गया है उसकी जो जंग हो जाती है जैसे जो लोहे में जंग लगती है ना उस जंग से ये मंडूर भस्म बनी होती है मतलब 100 साल पुराने लोहे की जंग होती है ये मंडूर भस्म उसको प्रोसेस करके मंडूर भस्म बनाई जाती है जैसा कि दोस्तों ये जो मंडूर भस्म लोहे से बनती है तो दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में आपको लोह तत्व मिलता है तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं मंडूल भस्म के फ़ायदे तो मंडूर भस्म के फायदे क्या क्या है दोस्तों मैं आपको सीरियल से बताते जाऊंगा और अगर आपको इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम हो बीमारी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट कर दीजिएगा या आप मेरी कंसल्टेंसी ले सकते हैं मैं आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे के अंदर आंसर ज़रूर से ज़रूर जो है दे दूँगा दोस्तों ये जो मंडूर भस्म है ये आपकी खून की कमी एनीमिया एनीमिया के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों ये मंडूर भस्म जी हाँ अगर आपको खून की कमी है अगर आपको बहुत ज़्यादा कमी है खून की कमी के कारण अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में आप इसका सेवन कर सकते हैं मतलब जो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है ना उसमें आप बहुत अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं ये खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा जो है मदद करती है दोस्तों ये अगर आपके शरीर पर कहीं पर भी पीलापन हो गया है मतलब चेहरे का पीलापन पीलापन हाथों का है ना अगर आपके पूरे शरीर में कहीं संबंधित अगर आपको कोई भी रोग है कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे में अगर आप बंडुलस्म का सेवन करते हैं तो आपकी लीवर से संबंधित सभी प्रॉब्लम या सभी बीमारी जो है दूर होने लगती है स्पिलिंग के रोगों में भी दोस्तों बहुत अच्छी जो है काम आती है दोस्तों जिन लोगों का लीवर बढ़ गया है ठीक है या जिनको लीवर बढ़ने की शिकायत है अगर वो लोग इसका सेवन करेंगे तो उनके लीवर बढ़ने की जो समस्या है उसमें आपको जो है राहत मिलेगी दोस्तों ये जो है अगर आपको पीलिया हो गया है ठीक है अच्छा पीलिया आपको किसी भी एज में हो गया चाहे आपकी एज बहुत ज्यादा है चाहे कम है चाहे आप जवान हैं चाहे बुजुर्ग हैं आपकी एज जो भी हो ठीक है ये पीलिया के दो पीलिया के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी रामबन औषधि होती है मंडूर भस्म तो अगर आपको पीलिया है तो पीलिया में दोस्तों आप मंडूल भस्म का अगर सेवन करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा जो है लाभ देखने को मिलेगा जिन लोगों को पेट दुखने की समस्या होती है दोस्तों जी हाँ जिन लोगों को पेट दुखता है बहुत बार बार बार पेट दुखता है तो पेट दुखने की समस्या में भी आप मंडूर भस्म का सेवन कर सकते हैं जो लोग दोस्तों दुबले पतले हैं जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ रहा है ठीक है या जो लोग जिन लोगों को भूख नहीं लगती है ठीक है या वो ठीक तरीके से खाना खा नहीं पाते हैं या फिर पाचन तंत्र की कोई समस्या है तो जिन लोगों को भूख नहीं लग रही है तो वो लोग अगर इसका सेवन करेंगे तो दोस्तों आप लोगों की भूख बहुत जल्दी जो है खुल जाएगी और भूख बढ़ जाएगी और आपको भूख लगने लगेगी और भूख लगने से आपकी डाइट या मतलब खुराक भी आपकी जो है बढ़ जाएगी जिन महिलाओं को जिन लड़कियों को पीरियड नहीं आते हैं मासिक धर्म में या तो अनियमितता है या बिल्कुल भी मासिक धर्म नहीं आते हैं बिल्कुल भी पीरियड नहीं आते हैं तो ऐसी लड़कियों के लिए ऐसी महिलाओं के लिए मंडूल भस्म बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मेरे पास में ऐसे केस भी आते हैं कि सर हमको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और जैसे जिनकी एज चालीस चालीस साल हो गई पचास पचास साल हो गई लेकिन उनको आज तक कभी भी मैंस्ट्रल नहीं आए हैं कभी भी पीरियड नहीं आए हैं तो ऐसे लोगों की समस्या को भी जो है मंडूल भस्म खत्म करती है हालाँकि मैं प्रेग्नेंसी रिलेटेड आपको आपको दवाई देता हूं, उसमें आपको देता तो उसमें जरूर मैं नहीं है कि अगर आपको मासिक धर्म नहीं हो रहे तो उसी में आपको काम आएगी लेकिन आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हो तो हर प्रकार से प्रेगनेंसी प्रॉब्लम काम आती है मतलब सभी टाइप की प्रेगने रक्त प्रदर में दोस्तों इसका बहुत अच्छा उपयोग है बहुत फायदेमंद है रक्त प्रदर की समस्या में दोस्तों सामान्य दुर्बलता में भी ये बहुत अच्छा लाभ करेगी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दुर्बलता है सामान्य दुर्बलता है कमजोरी है थकान है या फिर शरीर बहुत ज़्यादा दुबला है तो ऐसे लोग अगर इसका सेवन करेंगे तो दोस्तों ऐसे में आपका जो है सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर होने लगती है दोस्तों शरीर में अगर आपको कहीं पर भी सूजन है स्वेलिंग है तो स्वेलिंग में सूजन में भी दोस्तों आप इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं आपके शरीर के सूजन को ये खत्म करती है डायजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पाचन तंत्र से संबंधित सभी समस्या में दोस्तों आप मंडूल भस्म का सेवन अगर करेंगे तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्या आपकी दूर हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है और लीवर भी पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है दोस्तों जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी है ब्लड में आर मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी है वो लोग अगर इसका सेवन करेंगे तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रामबान औषधि है क्योंकि दोस्तों इसमें पूरी मात्रा में भरपूर मात्रा में लोह तत्व पाया जाता है तो दोस्तों ये खून को बढ़ाने के लिए आर बी को बढ़ाने के लिए हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्यारी और रामबान औषधि है दोस्तों जिन लोगों को मिट्टी खाने की आदत है मतलब जिन बच्चों को या जिन लोगों को मिट्टी खाने की आदत है जी आ, जो लोग बार बार मिट्टी खाते हैं ऐसी किसी की आदत है तो ऐसे में दोस्तों आप इसकी आ, अगर सेवन करते हैं तो आपकी मिट्टी खाने की आदत जो है वो छूट जाती है ठीक है और नियमित सेवन से बहुत सारे लोग मेरे पास में ऐसे भी आते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उनकी आदत है मिट्टी खाने की तो ऐसे में भी आप जो है इसका सेवन करेंगे तो आपकी जो मिट्टी खाने की आदत है वो आपकी आदत छूट जाएगी दोस्तों अभी इसकी जो है मैं आपको बता देता हूं कि कितनी मात्रा में इसको लेना है लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि जैसा कि इसमें लिखा है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन देखिए मैं एक बार फिर से zoom करता हूं इसमें जैसा लिखा है दोस्तों कि एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन ठीक है और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको लेना है मतलब आपकी जो बीमारी है आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मंडूल भस्म का सेवन करना है आपको डायरेक्टली मंडूल भस्म नहीं लेना है तो दोस्तों अगर आपको कोई भी बीमारी है कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप इसको लेना चाहते हैं ठीक है या खाना चाहते हैं या फिर आप अपने पास इसको मंगवाना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा भी प्रोवाइड करवा दूंगा और यह आपके घर तक भी मैं आपको जो है भेज दूंगा अभी दोस्तों में इसका फिर भी आपको सेवन बता रहा हूं अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो पांच ग्राम या पांच ग्राम से ज्यादा पच्चीस ग्राम तक इसको दे सकते हैं ठीक है वो डिपेंड करता है बच्चों की प्रॉब्लम के ऊपर ठीक है 18 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप 125 मिलीग्राम से तीन मिलीग्राम तक इसका सेवन कर सकते हैं ठीक है अगर 18 साल से ऊपर है ठीक है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं प्रेग्नेंसी में आप इसको 25 ग्राम तक इसका सेवन कर सकते हैं इसका सेवन कैसे करना है खाने के बाद या तो आप तुरंत टिकट टू चूर्ण शहद या फिर मलाई से इसका सेवन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको ऑन कॉल पर्सनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा दूंगा उसमें आपकी बीमारी के अनुसार आपको बताऊँगा कि इसको आपको कैसे लेना है किस बीमारी में कैसे लिया जाता है और दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा मैं आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे के अंदर आंसर जरूर दूंगा तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिए और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा है प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों आप जब तक मुझे बोलेंगे नहीं कि आपको किस वजह से अच्छा लगाया किस वजह से अच्छा नहीं लगा तब तक मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव कैसे करूँगा तो प्लीज़ दोनों चीज़ आप कीजिएगा और अगर दोस्तों आप आपको ये वीडियो में अगर कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी दो, दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लीजिए और अपने व्हाट्सअप और फेसबुक के स्टेटस में केवल एक दिन के लिए इसको लगा लीजिए क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक इस मंडूर भस्म की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएगी और आप भी समाज सव, आप भी समाज सेवा या समाज कल्याण के काम में कहीं ना कहीं हकदार हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बहुत गलत गलत बताते रहते हैं और दोस्तों इस चैनल में बिल्कुल सटीक जानकारी आपको बताता हूँ तो दोस्तों इसीलिए अपने WhatsApp के स्टेटस पे और Facebook के स्टेटस पे इसको जरूर लगाइएगा दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने WhatsApp और Facebook पे सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल आर आर आर रवि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको आप प्रेस कर लीजिए प्रेस करने के बाद में पास में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए बेल आइकोन को प्रेस करने के बाद में दोस्तों ओल्ड नोटिफिकेशन को ज़रूर सेव कर लीजिएगा क्योंकि जब तक आप ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी और आपको नए वीडियो की जानकारी भी नहीं मिलेगी तो ओल्ड नोटिफिकेशन को आप सेव कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिल सके और दोस्तों お आपके जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा मैं आपके कमेंट का दो से तीन घंटे में आंसर दूंगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई इसका लेने का तरीका वगैरह जानना हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं उनको पर्सनल कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा तो आशा करता हूं दोस्तों आज अच्छा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए हर बार की तरह दोस्तों हमारे चैनल पर आने के लिए हर बार की तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हर बार की तरह हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए हर बार की तरह अच्छे अच्छे कमेंट करने के आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में दोस्तों जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम